नमस्कार दर्शकों मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ मेष राशि के जातकों के अप्रैल माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों अप्रैल माह मेष राशि के जातकों के जीवन में क्या नवीन खुशियाँ लेकर के आया है साथ ही साथ अप्रैल माह को किस प्रकार से आप प्रभावी बनाएं ऐसे कौन से दिव्य उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं तो अंत तक बने रहिएगा दर्शकों साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि हमारा प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है देशी ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न चिंतित तो हमारा शास्त्र भी देखिए दर्शकों यही कहता है कि आप लोग जन्म राशि की ही प्रधानता दीजिए जब भी आपको राशिफल देखना हो दर्शकों एक बात और बता देंगे कि ये जो मेष राशि है करोड़ों लोगों की राशि है आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है इसके लिए पर्टिकुलर आप जब पैदा हुए होंगे जो बर्थ का डीओबी होगी आपकी जो टाइम होगा और जो बर्थ प्लेस होगा इसके आधार पर एक जो है जन्मांक बनता है और उसके आधार पर फिर फलित किया जाता है आपकी महादशा क्या चल रही है क्या चल रही प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है योगिनी दशा आपकी क्या चल रही है जिस जो है फील्ड से संबंधित आपके क्वेश्चन हैं जैसे आपको संतान प्राप्ति में कोई बाधा है तो आपका सब डिविजनल डी चार्ट क्या कहता है या आपकी शादी या विवाह में विलंब हो रहा है तो सब डिविजनल चार्ट में डी नाइन चार्ट क्या कह रहा है या करियर से रिलेटेड बाधाएं नौकरी से रिलेटेड जो है आपको कोई प्रश्न पूछना है तो उसके लिए सब डिविजनल डीटेन तथा कुंडली बोलते हैं तो इन सभी कुंडलियों को देखना पड़ता है तो पर्टिकुलर मेष राशि के जो जातक हैं आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके करवा सकते हैं यदि फ़ोन कॉल नहीं उठती है तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोसेस पूछ सकते हैं ओवरऑल अप्रैल महीना कैसा रहेगा तो पहले हम इसको बता देते हैं उसके बाद जो है हर एक कैटेगरी ओवरऑल साथ साथ कैसा रहेगा तो अप्रैल का महीना यह हम आपको बताए दे रहे हैं तो देखिए मेष राशि के जात को अप्रैल महीना कैरियर के मामले में थोड़े से उतार चढ़ाव के बाद अनुकूल दिखाई दे रहा है विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं उनके लिए ये अप्रैल महीना जो है अच्छा रहने वाला है मेष राशि के जो जातक रहेंगे पारिवारिक जीवन माह के पूर्वार्ध में अधिक अनुकूल नहीं रहेगा लेकिन उत्तरार्ध का समय मेष राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा रहने की संभावना है ऐसा सितारे कह रहे हैं साथ ही साथ अप्रैल माह के दौरान मेष राशि के जातकों के जो माता पिता हैं इनके स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है अप्रैल माह आपका जो प्रेम संबंध रहेगा ये बड़ा खुशनुमा बना बना करके रहेगा साथ ही साथ साधी, साधी सुधा जातकों की यदि हम बात की जाए तो ये महीने आपके दाम्पत्य संबंधों के लिए दाम्पत्य जीवन में संबंधों के लिए खुशहाल माह ये लेकर के आया है वहीं अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो अप्रैल का महीना आपके लिए जो रहेगा ये मिश्रित परिणाम लेकर के आया है जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे कुछ लोग होते हैं कम मेहनत से अधिक कमाते हैं लेकिन इस महीने आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा महीने की शुरुआत में देखें शुक्र आपके लिए अच्छे और धन प्राप्ति के योग बनाएंगे सेहत की बात करें तो इस महीने आपको कमर और पैरों से जुड़ी हुई तकलीफ हो सकती है इसके अलावा अप्रैल महीने के पूर्वार्थ में थोड़ा सा हो सकता है कि आप डिप्रेशन के शिकार शिकार हों साथ ही साथ आपको नींद भी कम आने की संभावना है लेकिन उत्तरार्थ जो रहेगा ये आप लोगों के लिए बहुत अनुकूल रहेगा मेष राशि के जातकों अब हम चलते हैं करियर और व्यवसाय पे जी हां आपका करियर और व्यवसाय कैसा रहेगा तो देखिए अप्रैल माह के पहले सप्ताह से मेष राशि के जातक एवं जातिकाओं के ग्रह शुभ व सकारात्मक संकेत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके करियर व्यवसाय के क्षेत्रों में जितनी उम्मीदें आप कर रहे हैं उससे कहीं अधिक आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी कारण इसका देखिए दर्शकों सीधा सा है जुपिटर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं जो कि आपके भाग्य के घर के स्वामी है दूसरा दर्शकों मां के दूसरे तीसरे सप्ताह में सफलता को बरकरार रखने के लिए आपको थोड़ा सा अटूट परिश्रम करना पड़ेगा बहुत कठोर परिश्रम की आपको आवश्यकता रहेगी वही माह के अंतिम सप्ताह करियर और व्यापार के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस माह किसी नए आप रोजगार का सृजन कर सकते हैं पार्टनरशिप में आप कोई नया व्यवसाय चालू कर सकते हैं प्रेम और संबंधों की बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए तो अप्रैल के शुरुआती सप्ताह से ही मेष राशि के जातक प्रेम संबंधों में मधुरता की डोर में बंधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके जो पार्टनर रहेंगे आपके जो साथी रहेंगे इनको आप लोग इस बात का एहसास दिलाने में जो है आ, बिल्कुल आप लगे हुए हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा चाहत रखते हैं साथ ही साथ माह के दूसरे सप्ताह में कुछ बातों में आप उनसे स्पष्टीकरण चाहेंगे जिससे आप लोगों के बीच तनातनी हो सकती है आप लोगों के बीच तनाव हो सकता है हालांकि माह का जो तृतीय व अंतिम सप्ताह रहेगा इनमें पुनः आपके व्यक्तिगत संबंधों में मधुरता की बयास बहती रहेगी मेष राशि के जातकों अप्रैल माह में आपकी वित्तीय स्थिति क्या होगी कितना पैसा आप कमाएंगे तो देखिए अप्रैल माह के पहले सप्ताह में मेष राशि के जो जातक रहेंगे इनको इनकी आय को अर्जित करने का शुभारंभ करेंगे आपकी जो जरूरत रहेगी उस वस्तुओं में आपके धन खर्च होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में धन खर्च अधिक रहेगा हालांकि माह के दूसरे सप्ताह में आप अपने अर्थ लाभ को बढ़ाने के लिए अपने जो भी गुड़ा भाग जोड़ घटाना होगा इसको साधने में आप लोग लग जाएंगे जिसके दिलचस्प परिणाम आपको इस माह के तीसरे व अंतिम सप्ताह में प्राप्त होंगे कुल मिलाकर के कहें तो जितना आप मेहनत करेंगे उसी मात्रा में उसी अनुपात में आप धन कमाएंगे लेकिन इस माह में खर्चे आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे तो धन आपका अधिक खर्च होगा मेष राशि के जातकों शिक्षा व ज्ञान जी हाँ एजुकेशन की ओर आपके बढ़ते हैं कैसा रहेगा एजुकेशन तो मेष राशि के जातकों को अपने विषयों को समझने में बहुत जो है मतलब आसानी होगी इजली इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे जिससे आप अपने जो है आपने यदि किसी परीक्षा में साक्षात्कार देने जा रहे हैं या कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आप लोग जो है सफलता की पताखा फहराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पढ़ने लिखने की दिशा में मेष राशि के जातकों इस माह के दूसरे सप्ताह में आपको और ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो यकीन आप संबंधित विषयों में उच्च किस्म की सफलता को इंगित करेंगे सफलता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे Uh, मेष राशि के जो हमारे जातक रहेंगे ये कोई नई नौकरी कोई नए रोजगार का भी सृजन कर सकते हैं पा सकते हैं साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं जो भी छात्र मेडिकल फील्ड से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं या छात्राएं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये माँ काफ़ी सौगात लेकर के आया है जो भी uh, रिजल्ट होंगे जो भी वो आपके अनुकूल होंगे साथ ही साथ आपके मनपसंद कॉलेज में आपका दाखिला होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मेष राशि के जातकों स्वास्थ्य की ओर चलते हैं आपकी हेल्थ की ओर चलते हैं तो अप्रैल के पहले सप्ताह में मेष राशि के जातकों व जातिकाओं की सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी काफ़ी अच्छे आप अपना वर्कआउट करते हैं सेहत आपकी खिली रहेगी युवा जातकों के शरीर की रौनकता बढ़ी हुई रहेगी उनके शरीर पर एक अद्भुत तेज होगा अद्भुत क्रांति होगी यदि कोई उम्रगत व बड़ी बीमारियां हैं तो उनमें भी कमी होगी देखिए हम खत्म नहीं कह रहे कमी होगी हालांकि मां के दूसरे सप्ताह में कुछ दवाइयों का सेवन करना पड़ सकता है किंतु घबराने वाली यहां पर कोई बात नहीं रहेगी मां के तीसरे व अंतिम सप्ताह स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा ऐसे ग्रही संकेत इशारा कर रहे हैं साथ ही साथ मेष राशि की जो हमारे जातक हैं इनको बाहर खाने से बचना होगा जंक फूड को इनको एवॉइड करना होगा तो जंक फूड से आप लोग दूरी बना लीजिए तो ओवरऑल मेष राशि के जात अप्रैल माह आपका कैसा था हमने सभी विषयों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है यद्यपि अब इस माह को प्रभावी बनाने के लिए शुभ उपाय कौन कौन से हैं तो देखिए मेष राशि के जात आप जो उपाय हम बताने जा रहे हैं यदि आप इनको करते हैं तो निश्चित ही आपके लिए फलदायक रहेंगे और यथेष्ट फल की आपको प्राप्ति कराएंगे तो पहला उपाय आपको करना क्या रहेगा हर शनिवार के दिन नियम पूर्वक आपको जो है छाया पात्र का दान करना रहेगा जी हां आप अपने जो है छाया जो चेहरे की छाया होती है इसको आप देख करके और किसी को भी आप दान दे सकते हैं तमाम लोग जो शनि का दान लेने आते हैं उनको आप कर सकते हैं दूसरा दर्शकों करना क्या रहेगा प्रत्येक दिन हर दिन आपको श्री बजरंग बाड़ का पाठ करना रहेगा बजरंग बाड़ का यदि आप पाठ करते हैं नियम पूर्वक तो यकीन मानिए क्योंकि आपकी मेष राशि है और हनुमान जी की कृपा पाने से फिर कोई नहीं रोक सकता है साथ ही साथ सूर्य देव के समक्ष बैठ करके प्रतिदिन सूर्य देव के गायत्री मंत्र का आप लोग जाप करिए 108 बार आपके करियर में जो बाधा आ रही होगी वो भगवान भास्कर दूर करेंगे साथ ही साथ इस माह अप्रैल माह में अमावस्या वाले दिन मीठा चावल आपको गाय कुत्ते और कौवे को खिलाना रहेगा ये उपाय यदि आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि फिर आपको पीछे पलट करके देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो मेष राशि के जातकों हमारा ये राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी दर्शकों से विदा लेते हैं इसी जो है उम्मीद के साथ कि पुनः आप लोग हमें सेवा का अवसर देंगे तब तक के लिए नमस्कार